सब्सक्राइब कीजिए एटीएम मस्ती को हमारे लेटेस्ट कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए बेल पर क्लिक करें दे दे दे दे दे दे दे चार बहुत की क्या बैठी हुई यार तू ये तू तू तो एट बोस, बोस। आ, बड़वा। यार, मन तो मर गया बोस। ये मर गया। तो है है यार यार ए मन ही नहीं चलो कोई नहीं अजय यार तू तो एक काम करें यार मैं थोड़ा जा रहा हूँ टी शर्ट दे आ, तो या, हाँ, तेरी तेरी मैं यार तो... यार मैं एक यार कौन ना गया यार तो ना यार एक बात है। अर, कौन हुँ, कौन हुँ? तो यार टीज़, टीज़, तो है। यार मैं मैं तू तू तू तू कौन कौन कौन कौन है था ले एक एक दिन हो गया अरे पर कहीं ना बात बात क्या हम नहीं री चीज है तू यार कुत्ता कर दो ना किराकिरी कुत्ता कर दो सो तू बोली तू बात थोड़े नहीं किरकिरी नहीं ठीक है ओह ले यार किधर आ गया ना वैसे ओ मालूम बुरांग न्यू बैलो नया नया दिखाएगी कूल है आ रहा है वो है एक तो ये मिला के और और भाई बस और बस अब ओ, ओ, ओ, भाई बस बस तो तो मैं मैं यार यार यार मिल ओ ओ है खास बेली यार। पर पकड़ लिया ठीक है यार तेरे को ये पूछ देना यार अरे बारी फटी दी कर दी यार मैं जा रियो यार वो इसलिए तू टीशर्ट की बात ना कर क्रिकेट अब टीशर्ट की बात करें जरूरी क्या है मैंने तो बता दे अरे टी यार टीशर्ट की कोई जरूरी को नहीं कोई बात को नहीं यार अब कौन को ठीक है यार मेरी फटी दी करा दी यार मैं कहूं यार अब कौन कर क्या मतलब है यार अब कौन यार मैं ना कोई उड़ जाऊं नहीं पेन जल जा यार अब जरा कौन को तेरा होहान का तू शहर होया यार ये रे की कौनता शहर है सब ही रुक तू मेरे ओ भी थे ओ थे पा ठीक है शौक हुआ तो एकदम पूरा हो गया जी टे फोटो हमारी गज्जा भी है ठीक तो? है और ठीक है तो तो बताये भाई है अंदर ये भाई है ए है है नी। नी आ आ, है आ, आ, है है है ए पे कौन कौन कौन कौन थारी थारी की तो ठीक बात बात मत मत करी तू आते हैं कौन पड़ेगा ना यार ओ टीशर्ट की बात ना करी यार अब बोल रहा है यार वो दिए खद रहे हैं अरे अरे भाई ये काम लाज है यार थाने दिखाई कोणी है बैग घुहारू फाड़ूं अरे यार घुहार तो बहुत बार इतनी तो बुझी रहे घुहारू थेगो 40 से कूदने हां लगे नहीं बट 20 30 में भर रही है हां वही सी ध्यान के और बता भाई ओ ठीक है ना भी हम पे लगा थी ओ बैठो कौन है ओ वो है बाजी डरे मरने के आ, बो, बोई बोई। आ, इंगी इंगी है। है तो तो ले डाल गए अरे अरे की नहीं ठीक है तो अके यार के यार तू किस से ये बात बढा कर दी मैं तन के यार टीशर्ट की बात मत करी ना तू देख, तो तो तो देख तो यार क्या हो तो मैं यहां खड़ा कर यार तू सगड़ा पिंडादी दस जना मिले सुंदर जना रा के टीशर्ट की बात करी है यार टीशर्ट मैं ये तो कौन करो मेरी है तो इया ने के की तू इया के टीशर्ट की बात के यार रही है फातु टीशर्ट टीशर्ट की बात कर रही है टीशर्ट ने कब्जा ही दिए ना और जो मैंlogback उड़ता आले टीशर्ट बेच के बोले यार बेच के गट्टा यार बोले हां अगना बोली अगना गाल ही बेहतार नहीं मैं